आ, टीम समीर दम पर तुम्हें दूसरों के लैंड का चल बोल बचन कम कर पंद्रह सेकंड तो चार्ट मेरा लेट दूंगा इतना गिनेगा पूरा दिन थक जाएगा दूसरों का लेते लेते एक दिन बालेगिरी छोड़ा मर्दों में हाथ पर्दे में तू का तेल लेके नारोल पे था तेरे मुंह पे जैसे किसी ने माल छोड़ा था तू दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहा तेल तेरे घर पर कम पड़ गया था छोड़ दे पंद्रह सेकंड अब तेरे बस की बात नहीं जिसको जहां होना था अब वो तेरे साथ नहीं तुम लोग ऐसा क्यों सोचते खाली पीली मुंह देखते दूसरे दूसरे की बुराई बुराई करे, करे, के पास जाके हमारी सुवर का सही से नहीं बोल पर, पाप बोले खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहे खाली पीली भाई दूसरे की मार खा रहे मुंह में लेके भूल जा रहे पक्ष चाले भोसडी वाले, बोस्टी वाले।, बोस्टी वाले। Now, के तो सामने भरा है ये नहीं कह रहा कि मेरा सुनना नहीं है गलत है लोग जो बोला कर रहे हो वो बता मैं करने दो हमारी लड़ाई का मतलब है नहीं तो पत्ता सिंक का सिंक हो जाएगा बहुत गलत पूरी प्रकरण कर रहा मैं बदल रहा हूं बदल रहा हूं से रुक कर कर कर रहा रहा खत्म करता करता हमको के तो बड़ी खुद पर मैं मैं तेरी तेरी बड़े का घोस करके देखो तेरे कर। रहने पे बुरा के रहनेुरा केसली रंग तेरा नीचे तेरे पांव दे तू फिल्डर पे फेमस क्यूँ होने का सोचते तो वह हैं में के हम हम तुम पे। मैं रैप कर रहा, खुद कोई बना बना तेरे जैसा भाई मेरी क्या गलती हाथ मेरा के मैंने तेरी टीम को दोगला बोला मेरा मुख्या उसने देखो भी तो धोखा दिया ढोका दिया पक्का धोखलाय तू भी इधर आने की सोचता लो न मेरा बाकी वर्दी को पीछे बोल के देखता नहीं चल की दवाई है अब तो तेरी है मेरी नाद में तुम मत लगी अब उड़ाई है अपने से काम से तू काम रख हमको छेड़ने की मतने तेरे पे बनाई असली भाई है, नाम तेरा, कहीं नहीं तो नहीं पर नीचा दिखाना हमको कायदे का काम तेरा हाथों पे भी खरेले झाटों पे भी खरेलेट के नाम पे तुम लोगो की भी पटेल के हंडवे हवा खाना बढ़वे टक्कर में आएगा तो चटायेंगे तलवे काबू में रख तेरे जैसे बायो देता में फक